जो तो, हार्डवेयर की क्लास हुई थी हार्डवेयर तो आपका कंप्लीट तो तो हो चुका है आज आपका सॉफ्टवेयर भी कम्पलीट हो चुका है जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हो तो हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर तो सभी को आपने रिव्यू दिया ही दिया है आज हमारी जो क्लास है वो सॉफ्टवेयर की क्लास खत्म हुई है तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें मिलेटे की फ्लैशिंग सभी लोग कर लेंगे अगर कॉलकम की बात करें तो अगर सैमसंग की बात करें तो अगर हम आईफोन की बात करें तो अगर यहाँ पे जो एरर्स थे ये सारा लाइव बताया गया है कि यहाँ पे बस आपको बोर्ड में बता दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए कॉलकम के फोन में डेट सेक्शन मिला कि नहीं मिला क्योंकि ये हार्डवेयर का ऐसा तो नहीं केवल हार्डवेयर होता है वो नहीं सॉफ्टवेयर से भी फोन नेट हो सकता है तो ये चीज आपने लाइव देखा है कि नहीं देखा है वो आपने आपने लाइफ ये तो मैं कैसे डेट हुआ था बताइए दूसरा वर्जन गलत फाइल सेलेक्शन क्योंकि सही फाइल सके हम क्या कर सकते है फिर और गलत फाइल भी होगी गलत वर्जन होगी तो भी उसको हम डेट नहीं कर सकते तो फिर आपने क्या किया फोन चालू किया कि नहीं किया हाँ चालू कर दिया तो ये सही बता रहे रही है तो इन्होंने किया था कि किसी और ने किया था चलिए ठीक है तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है तो अपना नाम और कहाँ से आपसे पहले आप सॉफ्टवेयर का काम करते थे नहीं करते थे तो अभी आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है सर कुछ सीखने में आपने सॉफ्टवेयर का काम अगर आपको मीडिया तो अगर कोई जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको क्या बोला जाएगा सर जो फैसर है यहाँ पे आइए सर बहुत अच्छा से सी काम सीखा था सर। आपने खुद कंप्यूटर चलाया कि नहीं चलाया well, सर एक भी दिन कभी मैंने भी लैपटॉप छुआ है क्या नहीं सारा कौन प्रैक्टिकल किया थैंक यू सो मच हमारे साथ स्टूडेंट और है अपना नाम है है मैं दिनेश हरियाणा से आया हूँ लेकिन आप कितने सालों से काम कर रहे थे तीन साल उससे काम कर तीन साल का और ये चार दिन का एक्सपीरियंस बताइए सर मतलब तीन साल उसे काम कर रहे थे सर एक तो सर नॉलेज के बगैर काम करना होता है एक सर नॉलेज के साथ करना होता है सर काम तब भी कर रहे थे लेकिन सर अब जाके करेंगे तो सर एक पर्टिकुलर तरीका पता लग गया अगर किसी मॉडल में ये दिक्कत है तो इस फाइल से और यहाँ से है पहले सर फाइल उठाई और मार दी काम हो गया ठीक है नहीं तो दे दिया कस्टमर को अब ऐसा नहीं अच्छा उसके बाद भी कुछ नया मिला कि नहीं मिला बहुत सर नया मिला तो जो आपको देख रहा है और यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे नए फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नए फ्रेशर और जो हमारे साथ और और है अपना नाम से से बताइए बताइए नीलेश नीलेश आप कितने सालों सॉफ्टवेयर में काम मिला तो उसके बाद ऐसा तो आपको पढ़ा दिया नहीं डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया गया तो सॉफ्टवेयर सौ� बताइए क्या सीखने को मिला कुछ नया नहीं और अगर हम बात करें जो नए फोन आ रहे हैं या पुराने फोन आ रहे हैं अगर आपको कोई भी फोन डाटा लॉस अगर अनलॉक करना है तो आ, कर पाएंगे? आ, आ, आ, आ, ये आपको प्रैक्टिकल मिला मिला? कि प्रैक्टिकल नहीं नहीं नहीं। नहीं। नहीं कि बता दिया नहीं चलिए थैंक यू सो मच जी आप यहाँ पे जैसे अपना नाम बताए कहाँ से हैं आप नाम मोहम्मद शहजाद है मैं कोलका वेस्ट बंगाल से अच्छा आप बताइए कितने सालों से पहले काम कर रहे थे आप सर मैं काम नहीं कर आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया था सॉफ्टवेयर में मैं कि हाँ पे इन्होंने एक चीज बताना चाहूंगा की बोला था कि क्या मैं सॉफ्टवेयर कर पाऊंगा क्या आपने बोला था कि नहीं बोला था सर, तो, सर, तो पहले दिन हमने आपसे कंप्यूटर चलवाया था सॉफ्टवेयर तो क्या सर आपका ओवरऑल अभी आपने सीखने को मिला की नहीं मिला बहुत कुछ सीखने को मिला सर बहुत कुछ सीखने को मिला आपने लाइव काम किया है लाइव खुद ही किया और जो आपके साथ जो फ्रेशर है उनको क्या बोलना चाहेंगे आप जोर बिल्कुल भी स्प्रेड है जो फ्रेशर आपको देख रहे हैं कि आप भी बिल्कुल फ्रेशर थे तो क्या बोलना चाहेंगे तो सीख पाएंगे सीख पाएंगे जो भी यहाँ पर काम बताया जाता है या सॉफ्टवेयर का हो या हार्डवेयर हो बहुत ही डीपली तरीके से और अच्छे तरीके से सारे फाइलों का नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है और जो भी यहाँ सीखना चाहते हैं वो इसे टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करें चलिए थैंक यू सो मच और हमारे साथ एक्सपर्ट और है अपना नाम और कहा ना, से आप मेरा नाम मैं असम जहरीद आप असम से आप आप बताइए इससे पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर में काम आपने सॉफ्टवेयर में काम नहीं किया है अगर आपसे कुछ पूछा जाए फाइलों को डिटेलिंग पूछा जाए या फिर आपको एक फोन दे दिया जाए लाइव तो उस अनलॉक कर लोगे यहाँ पे कैसा लगा आप आपको सीखने को मिला की नहीं मिला सर कुछ मिला सर आपको विद लॉस लॉस और भी आप अनलॉक कर सकते हैं कि नहीं कर कर कर सकते? सकते सकते, सकते हैं। अभी जो आपको जो स्टूडेंट देख रहे हैं अच्छा तो यहाँ पे जो भी जितनी स्टूडेंट यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो भी आपको चलिए थैंक यू सो मच आप साथ और नाम से आप सर, आप आप और और साथ नाम से से हैं यूपी हमें मोहम्मद मोहम्मद जी ये ये बताइए कि आपने पहले आप सॉफ्टवेयर पे काम करते थे इतना हार्डवेयर हार्डवेयर करता आप करते थे तो अभी जितना भी आप करते थे आपको कुछ नया मिला मिला ट्राई करते थे मतलब आपने अगर आप बात करें कि जो जो होता होता है, जो concept होता है, है है है, है। का क्या क्या? क्या क्या? आपने life देखा, Izyka, Izyka, है आपने देखा हुआ हुआ हुआ हुआ नहीं नहीं सर। सर, और आपको जो चलिए अभी आपका चलने वाला है तो हम खड़ा करते है आप खड़ी हो जाए अपना नाम और कहा से है आप राजस्थान से हैं, तो इसे बताइए आप इससे पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में नहीं, नहीं करते थे तो अभी आपको कैसा लग रहा है आपने सीखा कि नहीं सीखा नहीं सीखा है अगर आपको, फाइलिंग है आप, है, आपको, का कोई आपको चलाया जाए तो आप चला पाओगे आपको यहाँ पे सारा चीज जो प्रैक्टिकल मिला है की नहीं मिला यहाँ पे टीचरों का नॉलेज कैसा है यहाँ पे आपको जो भी समझाया गया समझ में इजीवे में हार्ड लग रहा था अच्छा कितने स्टेप है सॉफ्टवेयर के आगे। आगे। आगे। बहुत ज्यादा है क्या नहीं तो आपको जो जो आप आप जो है है बिल्कुल देख रहे हैं क्या बोलना बोलना चाहेंगे मैं तो तो कि अगर मतलब कैसे करें करें ऐसे अच्छा। आपने जो सोच के किया है अपना नाम और कहा से आप मैं राजस्थान राजस्थान से आप भी हैं क्या साथ में आए क्या आप लोग नहीं नहीं सर अच्छा। नहीं। आप हमें बताइए कि आप इससे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते करते थे हाँ सर कर कितने सालों से कर रहे थे साल साल से आप आप कर रहे हो का का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है दिन लेना जी अच्छा ओवरऑल तो जो आपके साथ यहां पे स्टूडेंट भी हैं और कुछ काम भी कर रहे हैं तो जो फ्रेशर स्टूडेंट आपको क्या लगता है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी उनको दिक्कत नहीं है अगर कुछ ज्यादा टफ तो नहीं है नहीं सर बिल्कुल भी टफ नहीं है अच्छा ये जो यहाँ पे काम सिखाया जा रहा है क्या यहाँ पे हम खुद करते हैं उनको तो बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी चीज हाँ जो आपने बोला क्योंकि हमारे पास जो भी स्टूडेंट ने बोला कि आ, मुझे नहीं आता तो हमने yes को yes ऐसा yes तो नहीं कि जिनको आता था उनसे काम जिनसे नहीं आता था उनसे सारा सॉफ्टवेयर कराएंगे नहीं, कराएं नहीं? Yes नहीं साया। साया। साया। कराया तो अभी देख रहे थैंक यू सो मच हमारे साथ अच्छा तो आप ये बताइए आप भी बताइए आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में में नहीं किया था अभी आपको कैसा लग रहा है आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जो आपने सोच किया था के जो आपने किया, में वो आपको मिला कि नहीं मिला मिला बोलना चाहेंगे और कि आप बताइए बैगलोर में भी काफी सारे हैं आप हमें ये बताइए आप इससे पहले काम करते थे ओवरऑल जी सर करता था थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आप करते थे तो आप हमें ये बताइए कि अभी जो आप जो करते थे वो सही वे में करते थे की गलत वे में करते थे पहले तो गलत में अगर आपको कोई भी चीज अनलॉकिंग दी जाए चाहे वो सोमी हो चाहे वो कोई सभी फोन हो सैमसंग का फोन हो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल लाइफ दिखाया गया दिखाया दिखाया दिखाया गया दिखा गया प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ लाइफ आपने कुछ सीखने को मिला कि नहीं, नहीं मिला बहुत कुछ मिला है बहुत कुछ सीखने को मिला है तो क्या बोलना चाहेंगे जो आपको फ्रेशर स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे चलिए थैंक यू अब मैं लास्ट में आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है क्या वो फेक रिव्यू तो नहीं है आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला चलिए तो लास्ट में एक वही बात जो हमेशा बोलते हैं वही बात एक बार फिर से बोलेंगे इंडिया का नंबर कौन है